तो आज की इस छोटी सी वीडियो में बतलाएंगे कि दस गुनहगार औरतें तो वो कौन सी दस गुनहगार औरतें जल्दी से जान लीजिए नंबर एक बेपर्दा औरत नंबर दो ज़बान औरत नंबर तीन हर वक्त मौत मांगने वाली औरत नंबर चार दीन का मजाक उड़ाने वाली औरत नंबर पाँच चुगलखोर अत नंबर छः एहसान जतलाने वाली नंबर सात शोहर की नापरमानी करने वाली नंबर आठ गईबत करने वाली नंबर नौ बाल खोल चलने वाली और नंबर दस बग़ैर ज़रूरत घर से निकलने वाली तो ये औरतें गुनहगार हैं